आवाज मेरे सामने बन रहा मैं बस्ती का हस्ती रहू अगले वालों का भी गलती लो मैंने वालों में बचाए बचाई कोई इधर फायर हो गए गलती मैं बस्ती का हस्ती रहू